1868 में साउथ मुंबई की चेम्स पोखली से सिर्फ इक्कीस रुपीस में एक छोटा सा कॉटन मिल का शुरुआत होता है और वक्त के साथ धीरे धीरे उस कॉटन मिल के साथ एक के बाद एक कंपनी जोड़ता गया और चेन्स पोखली की उस छोटा सा कॉटन मिल से शुरू हुआ कंपनी का आज एक साल हो गया दुनिया भर में एक कंट्री में से 150 कंट्री के का अंदर अपना प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई करता है जेम्स पुखली की उस सा से शुरू हुआ कंपनी को आज दुनिया भर में टाटा ग्रुप इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है टाटा ग्रुप की सभी कंपनी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड वाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन के, के हिसाब से टाटा ग्रुप ट्वेंटी रैंक पर आता है जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है तीन बिलियन यूएस डॉलर वहीं पर देश की सबसे बड़ा अरब गौतम तो अबानी की आधानी एंटरप्राइज का टोटल मार्केट कैप है 201 बिलियन यूएस डॉलर और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 205 बिलियन यूएस डॉलर सर जमशेद जी टाटा को पिछले सौ सालों के अंदर दुनिया का नंबर वन फिलियोथ्रोपिस्ट माना जाता है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अकेला ही देश का फोर जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और साथ ही साथ देश का टोटल टैक्स का टू टैक्स पे करता है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में टाटा ग्रुप की प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई होने के बाद भी वर्ल्ड वाइड तो दूर की बात है इंडिया की टॉप टेन रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी सर रतन टाटा का नाम देखने को नहीं मिलता इंडिया की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में सर रतन टाटा का नाम 198 रैंक पर आता है आखिर क्यों इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी जिसका सिर्फ एक कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का मार्केट कैप पूरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप के बराबर होने के बाद भी सर रतन टाटा का नेट रोथ सिर्फ 7900 करोड़ क्यों है और कैसे सिर्फ एक छोटा सा कॉटन मिल से टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का स्थापना होती है आज की इस वीडियो में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की एक साल की जर्नी को एक्सप्लेन करने की शादी क्यों नहीं की तीसरा मार्च अठारह सौ उनतालीस दक्षिण गुजरात के नाप्सरी शहर में एक गरीब पार्सियन पुजारी के घर सर जामसेदी टाटा का जन्म होता है उनका पिता का नाम था नुसरवान जी टाटा और उनका माता का नाम था जीवन टाटा उनकी फैमिली जोरस ट्रेन यानी कि पारसी थे ईरान में पारसी लोगों के उत्पीड़न से भागकर इंडिया आ गए थे नुसरबंजी ने बॉम्बे पर एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का फार्म बनाया और जामसद जी टाटा पढ़ाई के लिए बॉम्बे चले आए 14 साल की उम्र से ही पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की एक्सपोर्ट ट्रेडिंग काम में हाथ लगाने लगा था के लिए टाटा में लेता है और पढ़ाई के दौरान शादी करता है 1858 में टाटा अपने पिताजी की एक्सपोर्ट ट्रेडिंग की काम में शामिल हो जाता है और जापान चाइना यूएस इंग्लैंड जैसा देशों में एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का ब्रांच बनाने में मदद किया लेकिन एटीन फिफ्टी सेवन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विद्रोह को दमन कर दिया था और इसी वजह से उस टाइम एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया था चाइना ने बाहर के लोगों के लिए पाबंदी लगा दिया था लेकिन सर नुसरबान टाटा अक्सर चाइना आते जाते रहते थे और इसी वजह से चाइना में रहने वाला पर्सियन आफीम व्यापारी के साथ उनका अच्छा पहचान हो गया था और नुसरबान टाटा चाहते थे की उनकी बेटा उनका बिजनेस को आगे बढ़ाए और इसी वजह से नुसरबान टाटा ने जामशेद जी टाटा को चाइना भेज दिया ताकि वहाँ की व्यापार और अफिम की ट्रेडिंग की बिजनेस के बारे में जान सके जमशेद जी टाटा चाइना पहुंचकर देखा कि चाइना के अंदर कॉटन का रिसोर्स बहुत ही ज्यादा है और उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है प्रॉफिट कमाने का 20 साल की उम्र में जामशेद जी टाटा पिता बन जाता है 27 अगस्त 1859 जी और हीराबाई दबो के बड़े बेटे धूराब जी टाटा का जन्म होता है अट्ठाईस साल की उम्र तक जमशद जी टाटा पिता की एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस में काम करने लगा और 1868 में उन्तीस साल की उम्र में सिर्फ इक्कीस हजार में एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया एटीन में साउथ मुंबई की जेन्स पोकली में एक बैन क्रॉप्टेड ऑयल मिल को खरीदा और बाद में उसको कॉटन मिल में बदल दिया प्रॉफिट के लिए दो साल बाद उस कॉटन मिल को बेच दिया और इसी बीच 20 जनवरी 1871 में उनकी दूसरे बेटा रोतन टाटा का जन्म हुआ 1874 में जामशेद जी टाटा ने नागपुर पर सेंट्रल इंडियन स्पिनिंग वेबिंग एंड मैनुफेक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया नागपुर में इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि उनको लगने लगा था की नागपुर में दूसरा बिजनेस भी किया जा सकता है उस टाइम बॉम्बे को भारत की कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है लेकिन बॉम्बे के लोगों को यह समझ में नहीं आया कि बॉम्बे में कॉटन की बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय नागपुर जैसा अनकनल अं लोकेशन को क्यों चुना और इसी वजह से बॉम्बे की लोगों ने जमशेद जी टाटा को तिरस्कार करने लगा लेकिन जमशेद जी टाटा का फैसला सही साबित हुआ नागपुर में बहुत ही सस्ते दाम पर जमीन मिलने लगा था और इस सस्ते दाम पर जमीन मिलने की वजह से बहुत ही जल्द नागपुर में रेलवे बन गया और रेलवे बनने की वजह से नागपुर शहर बहुत ही जल्दी डेवलप होने लगा फर्स्ट जनवरी एटीन में रानी विक्टोरिया को तो भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया और 1887 में उस वक्त जमशेद जी टाटा ने एक नया मिल स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया था इम्प्रेस मिल उनका चार मेन लक्ष्य था आयरन और स्टील की कंपनी बनाना वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना एक यूनिक होटल बनाना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना लेकिन उनके जीवनकाल में सिर्फ यूनिक होटल को ही वास्तविकता मिला था 1903 में पोलाब वाटर फ्रंट में ताज होटल का स्थापना हुई 1903 में ताज होटल को बनाने के लिए 11 बिलियन डॉलर कॉस्ट लगा था जो कि 2015 में उस होटल का वैल्यूएशन है 11 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि छियासी करोड़ इंडियन रुपीस। उस टाइम भारत के अंदर एकमात्र होटल था ताज होटल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल था 1885 में जामसेद जी टाटा ने पुंडुचेरी पर एक नया कंपनी स्टार्ट किया जिस कंपनी का मकसद था भारतीय टेक्सटाइल को पास की फ्रेंच कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लेकिन इनसफिशिएंट डिमांड की वजह से ये आइडिया फेल हो जाता है और ये प्लान फेल हो जाने के बाद जामसेद जी टाटा ने बॉम्बे पर धन मिल को खरीदा और बाद में अहमदाबाद की एडवांस मिल को खरीदने के लिए धन मिल को बेच दिया इस मिल का नाम एडवांस मिल इसलिए रखा गया था क्योंकि उस टाइम का ये बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी का मिलों से एक मिल था इस मिल की टेक्नोलॉजी ने अहमदाबाद शहर की रंग ही बदल दिया था जमशेद जी टाटा ने मिल को सिटी के सेंटर में इंटीग्रेट करने का फैसला किया और इसी वजह से उसे उस कम्युनिटी के लोगों के अंदर एक इकोनॉमिकल एक ग्रोथ देखने को मिला कई सारे योगदान की वजह से जमशेद जी टाटा ने भारतीय टेक्सटाइल को आगे बढ़ाया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर बोयकट लगा दिया था तो उन्होंने एक नया मिल खोला जिसका नाम रखा गया था स्वदेशी मिल इस मिल का लक्ष्य था कि एवॉर्ड से जो भी फाइन कपड़ा आता है उससे भी फाइन कपड़ा मैनुफैक्चरिंग करना इंग्लैंड से इंपोर्ट कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने लगा उनका विजन था कि भारत के लिए सभी प्रकार कपड़े की एकमात्र निर्माता बनना और इसी वजह से उन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर कपास की खेती में सुधार लाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाटा ने मुख्य रूप से एडुकेशन और हेल्थ केयर के लिए उदारतापूर्वक दान दिया था इडिल गिफ्ट फाउंडेशन और इंडिया द्वारा उन्हें सदैव की सबसे बड़ा फिलियोथ्रोपिस्ट का दर्जा दिया गया था 1900 में बिजनेस के सिलसिले में जामसेद जी टाटा जर्मनी जाता है और 19 में 1904 जीरो जर्मनी में जामसेद जी टाटा का डेथ हो जाता है उनकी डेथ के बाद उनकी बेटा जी टाटा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन बनता है दौरव जी टाटा बॉम्बे में अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद 1877 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है लेकिन दो साल बाद कैम्ब्रिज छोड़ के फिर से वापस इंडिया आ जाता है और इंडिया की सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपना पढ़ाई कंप्लीट करता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बॉम्बे के जेट न्यूज में दो साल तक जर्नलिस्ट का काम किया और 1884 में अपने पिताजी का कॉटन बिजनेस में शामिल हो गया 1897 में दौराबजी टाटा ने मेहरबाई से शादी की लेकिन उन दोनों का कोई संतान नहीं हुआ 1904 में दौरबजी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद अपने पिताजी के सपने को पूरा करने में लग गया और नाइनटीन में टाटा स्टील की स्थापना की जिसकी वजह से उन्नीस में ब्रिटिश की सबंध एडवर्ड ने उनको नाइट उपाधि दिया था और उन्नीस में टाटा पावर की स्थापना की जो कि आज की डेट में टाटा ग्रुप की बहुत बेस है गोरव जी के नेतृत्व में जिस बिजनेस में कभी सिर पे होटल और तीन कॉटन मिल हुआ करता था उस बिजनेस के अंदर भारत की सबसे बड़ा प्राइवेट स्टील कंपनी एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और एक बीमा कंपनी को जोड़ दिया था उन्नीस में न्यू इंडिया एसियोर को लिमिटेड की स्थापना की जो कि भारत का सबसे बड़ा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उन्नीस में दूराब टाटा की पत्नी टाटा की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद जामशेदी टाटा ने लेडी टाटा के भाई फिर टाटा के बेटे सर नोरोलाइनटीन थर्टी टू में टाटा ग्रुप की चेयरमैन बनते हैं और नाइनटीन थर्टी में सर नोरो की डेथ हो जाती है उनकी डेथ के बाद दूराब के भाई रतन चेयरमैन बनते है जे आर डी टाटा की माता सुजाना ब्राइडी फ्रेंच थे 1929 में भारत की पहला महिला है सुजाना जी जिन्होंने भारत के अंदर कार ड्राइव किया था 1930 में जे आर टी टाटा से शादी करता है। हालांकि उनका पहले शादी हुआ था दीनाबाई मेहता से जे डी टाटा एक टूर पर थे और उन्होंने उनकी दोस्त के पिता लुइस ब्रेरोट से इंस्पायर हुआ लुइस ब्रेरट पहला इंसान था जिन्होंने इंग्लिश चैनल को फ्लाइंग करके क्रॉस किया था और उन्होंने लुइस बेयरट से फ्लाइंग की ट्रेनिंग किया दस फेब्रवरी पहला भारतीय के तौर पर जे डी टाटा को फ्लाइंग के लिए लाइसेंस मिला था बाद में उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के नाम से जाना जाता है 1946 में जे टाटा ने एयर इंडिया एयरलाइंस की स्थापना की भारत के इतिहास में पहला फ्लाइट उड़ान भरा था कराची के द्रीग से मद्रास तक जे टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की संपत्ति 100 मिलियन डॉलर से 5 बिलियन यूएस डॉलर तक तो पहुँच गया था जेआरडी टाटा जब टाटा ग्रुप की चेयरमैन बना तब टाटा ग्रुप के अंदर सिर्फ चौदह कंपनियां थी छब्बीस जुलाई नाइनटीन में टाटा ग्रुप के अंदर टोटल नाइन्टी फाइव हो गया था 1941 में टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस की स्थापना की 1945 में टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की और 1948 में एयर इंडिया की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन स्टार्ट की 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सीडेंट मुआवजा योजना और भविष्य योजना जैसा स्कीम चालू किया बाद में इस रूल को कानूनी तौर पर अपनाया गया और टाटा स्टील कंपनी ने एक नया रूल चालू किया की वर्कर्स घर से काम पर निकलने के बाद जब तक घर ना पहुंचे उस वक्त अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका मेडिकल कॉस्ट कंपनी पे करता है एविएशन के लिए उनको कई सारे अवार्ड दिया गया टोनी जानुस एवॉर्ड गोल्ड एविएशन मेडल फेडरेशन 1955 में फाइव में पद्मन दिया गया था और 1992 में भारत रत्न एवार्ड दिया गया था 1991 में जे टाटा टाटा ग्रुप की चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट देता है और नाइनटीन में सर रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं में टाटा का जन्म होता है एक गरीब गरीबियन परिवार में और टाटा छोटे बेटे टाटा टाटा ने को एडॉप्ट कर लेता है टाटा सोलों से सो शादी करता है और उनकी दो बच्चे थे रतन टाटा और जीवी टाटा जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल का था तब उनकी माता पिता दोनों अलग हो गए और रतन टाटा अपनी ग्रैंड मदर नवज भाई टाटा के साथ रहते थे न्यूयॉर्क में सर रतन टाटा अपनी पढ़ाई कम्पलीट की और टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के 21 साल के अंदर ही टाटा ग्रुप की रेवेन्यू को 40 परसेंट ज्यादा कर दिया और प्रॉफिट को 50 परसेंट इंक्रेज कर दिया 28 नवंबर 2012 कुछ बोर्ड मीटिंग की इंटरनल रिजल्ट की वजह से सर रतन टाटा टाटा, टाटा ग्रुप की चेयरमैन के पद से इस्तीफा देता है और उनकी पिता की दूसरे बीबी के बेटे नोवेल टाटा की रिश्तेदार कागदोस पोलनजी मिस्त्री टाटा ग्रुप की चेयरमैन बनते हैं और दो में टाटा ग्रुप की चेयरमैन पद से उसको हटा दिया जाता है 24 अक्टूबर 2016 सर रतन टाटा बिल टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं सर रतन टाटा को देश का नंबर वन फिलियोथ्रोपिस्ट माना जाता है टाटा ग्रुप की प्रॉफिट का 66% शेयर टाटा सन ट्रस्ट में चले जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ा फाउंडेशन दिल एंड मिली इंडा गेट्स फाउंडेशन जिन्होंने आज तक टोटल फिफ्टी बिलियन डॉलर का डोनेशन दिया वहीं पर वार्ड पफेड की टोटल संपत्ति है 99 बिलियन यूएस डॉलर और उन्होंने ऐलान किया कि उनकी डेथ के बाद उनकी संपत्ति का 99 नाइन परसेंट ट्रस्ट को दे दिया जाए टाटा सोन ट्रस्ट की ओर देखे तो टाटा सोन ट्रस्ट ने कुल 102 बिलियन डॉलर का डोनेशन दिया दो हजार सत्रह में चेयरमैन बनते हैं है। अपनी बात पर हमेशा कॉमिटेड रहता हूँ जब न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था तब सर रतन टाटा को एक लड़की से प्यार हो गया था जब अचानक उनकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ जाता है तब तो रतन टाटा को वापस इंडिया आना पड़ता है लेकिन उन्होंने उस लड़की को भी साथ ले आने की प्रयास किया लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वार की वजह से उस लड़की की उसकी पेरेंट्स ने उसको इंडिया आने नहीं दिया लेकिन रतन टाटा उनकी इंतजार करता रहा और उसकी पेरेंट्स ने उस लड़की को दूसरे जगह पर शादी कर दिया और सर रतन टाटा ने उसको कमिटमेंट दिया था कि उसी से शादी करेगा और इसी वजह से सर रतन टाटा ने शादी नहीं की उम्मीद करता हूँ टाटा ग्रुप की जर्नी आपको इंटरेस्टिंग लगा थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट